जब हम अपने पेट को डॉक्टर के पास के जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए न कि और बीमार इसलिए ये सात चीजें आपके वेट को ट्रीटमेंट से पहले जरूर करनी चाहिए टेबल को से हर पेशेंट के पहले साफ करिए ध्यान रखिए कि वो ट्रीटमेंट से पहले अपने हाथ धो रहे हैं इंजेक्शन देने ऐसी पहले इस्तेमाल करें इंजेक्शन देने ऐसी पहले देख लेखाली गई है हवा ना निकालना जानलेवा हो सकता है सारे वैक्सीन को फ्रिज में रस्सी या पत्ती के बजाय इस्तेमाल करें अगर आपको लग रहा है की आपका फेद डर रहा है तो उसे पहले ही मजल फे अपने अकेले कभी ना ये सब चीजों के बारे में पूछना आपका हक है। अगर उन्होंने इसमें से कुछ चीजें नहीं की, तो आप उन्हें याद दिला सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है। क्या आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज्यादा यूट्यूब पसंद है तो हमारा है YouTube.com/peoplefarm। When we we take our pets to to the doctor, we want them to get better <laughs> I have no soul pets pets pets pets we are our pets our earth <laughs> we are our pets advocates <laughs> uh.